जबलपुर टीएसएफ और वन परिक्षेत्र की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पेंगोलिन तस्करी के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया पकड़े गए इन आरोपियों में पुलिस विभाग का आरक्षक और मेडिकल साइंस कॉलेज का लैब टेक्नीशियन भी शामिल है टीम ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और उन पर कार्रवाई की जा रही है मामला कटनी के खमन गांव का है जहां टीएसएफ की टीम को सूचना मिली थी कि वन, वन कार्यवाही करते हुए रामलखन लखनऊ के घर दबिश दी जहां से टीम को जीवित पेंगुलिन मिला इसके बाद टीम ने राम लखनऊ बर्मन से शक्ति से पूछताछ की तो पता चला कि इस मामले में अन्य और भी पांच लोग शामिल हैं और इसमें से दो आरोपी एक पुलिस विभाग का आरक्षक और दूसरा मेडिकल साइंस कॉलेज का लैब टेक्नीशियन है पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया आपको बता दें ये बेश कीमती पेंगोलिन की तस्करी कर उसे लाखों करोड़ों में बेचा जाता है जिसका उपयोग दवाइयों समेत अन्य चीजों में किया जाता है तस्करी को रोकने के लिए वन विभाग लगातार इस तरह सात आरोपियों को, को कि गिरफ्तार किया गया है जिसमें लैब टेक्नीशियन ओम प्रकाश धुर्वे अनिल जेंडर नायडू सहित अन्य आरोपी शामिल है फिलहाल वन विभाग ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और मामले की जाँच की जा रही है मुखबिर की सूचना पर राजा खरे एसडीओ साहब जो जबलपुर टास्क फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम है जिसको हेड करके कटनी आए थे शिवम मिश्रा रेंजर साहब उनके साथ में थे उनके साथ में दो वनरक्षक और थे और धीमाखेड़ा रेंज से हमारी टीम थी तो इन सब ने मिल के जो ढीमर के निवासी हैं उनके उनके यहाँ पर उन्नीस केजी का पेंगुलन पकड़ा था और इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्होंने सात टोटल आरोपियों को पकड़ा था जिनमें से दो शासकीय कर्मचारी थे एक साइंस कॉलेज जबलपुर में लैब टेक्नीशियन है और एक प्रधान आरक्षक जबलपुर है इस तरह से ये सातों आरोपियों का इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है और वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत इन पे कार्रवाई की जा रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें